इस खेल से बच्चों को संख्या ज्ञान और संख्या क्रम का अच्छे से परिचय होगा इस खेल के लिए वीडियो में दिखाए गए कार्ड जैसे एक बाजू में अंकरूप संख्या और दूसरी बाजू में शब्द रूप संख्या लिखे ये कार्ड्स बच्चों को देकर उन्हें सही क्रम में लगाने के लिए कहे इसे आरोही और अवरोही क्रम भी कर सकते हैं